हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन मेरे चैनल एस के आर में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करें फ्रेंड्स मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी एप्स होती हैं उन एप्स के थ्रू हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं बट हम देखेंगे कि बिना किसी ऐप के या बिना किसी सॉफ्टवेयर के मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करें फ्रेंड्स मेरा ये एम का फ़ोन है इसमें मैं ये आपको करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स सबसे पहले आप मोबाइल में ये आपके मोबाइल में ये टूल का ऑप्शन होगा आप यहाँ पे जाएंगे अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो आप सेटिंग में जाके ऐप में जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं आप इस टूल पे जाएंगे यहाँ जाने के बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डर का आपका ऑप्शन है इस स्क्रीन रिकॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप जाएँगे तो यहाँ पर ब्रांड स्क्रीन रिकॉर्डर के आपके कुछ ऑप्शन हैं रिजोल्यूशन वीडियो क्वालिटी तो इसमें फ्रेंड ये रिजोल्यूशन में ये जो है अभी जो सेलेक्ट हुआ हुआ है वन फोर फोर जीरो और सेवन टू जीरो यही YouTube के लिए यूज़ होता है अभी हम इस पर क्लिक करके दूसरा नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो दिखा रहा है नीचे कुड नॉट चेंज पैरामीटर वाइल रिकॉर्डिंग ठीक है इसी तरह से फ्रेंड ये हम वीडियो क्वालिटी में भी आपके कुछ ऑप्शन दिखेंगे फ्रेंड्स वीडियो क्वालिटी में जितना आप कम से कम आ, रखेंगे जैसे मेरा यहाँ 6 एम है जितना आप कम से कम रखेंगे उतना ही वीडियो आपका रिकॉर्डिंग के बाद कम साइज लेगा उसी तरह से फ्रेंड ओरिएंटेशन में ऑटो हुआ हुआ सिलेक्ट साउंड सोर्स में ये है माइक इसी तरह से फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड एक ऑप्शन है लॉक स्क्रीन टू एंड ये फ्रेंड इसका मीन्स ये है कि जब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और आप मोबाइल लॉक कर देते हैं जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा इसको इसलिए यहाँ पे जो है ये जो है अनेबल हुआ हुआ है इस तरह से आप कर सकते हैं तो फ्रेंड इस तरह से आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अभी मैं इसकी लॉक स्क्रीन को क्लिक करूँगा तो ये वीडियो सेव हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए आप इस तरह से इसको यूज़ करके देखिए और आप इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू